है तुम्हें देंगे दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे